एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्ता मिश्रा ने राहुल गांधी के मंदिर जाने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं जहां चुनाव होते हैं वहां ये मंदिरों में जाते हैं नरोत्ता मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के गृह मंत्रियों की बैठक में वन नेशन वन ड्रेस के साथ पर्यटन पुलिस बनाने की बात हुई है जिसको लागू किया जाएगा उन्होंने कहा मध्य प्रदेश से ड्रग्स माफियाओं का सफाया किया जाएगा इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा गृह मंत्री डॉक्टर नरोतम मिश्रा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन पुलिस बनाएगी प्रदेश में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अनेक भाषाएं जानते हों। इनकी पर्यटन पुलिस में भर्ती की जाएगी उन्होंने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की थी बैठक में प्रधानमंत्री ने पर्यटन पुलिस बनाने की बात कही थी साथ ही प, एक देश एक वर्दी पुलिस व्यवस्था करने का सुझाव दिया था नौतम मिश्रा ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के मुख्य बिंदुओं को लेकर बताया कि आगामी सोमवार को बैठक आयोजित कर पर्यटन पुलिस एक देश एक वर्दी और मल्टी युक्त थाने और पुलिस क्वार्टर को लेकर विचार विमर्श होगा बैठक में मध्य प्रदेश को ड्रग माफिया मुक्त करने की दिशा में भी कार्य योजना बनाई जाएगी निश्चित रूप से कल गृह मंत्रियों की बैठक को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या, या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर जहाँ जहाँ शहरों में प्राइम लोकेशन पे थाने की भूमि है उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो इस तरह का करना चाहिए और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पहल करने जा रही है पर्यटन पुलिस के लिए भी नौतम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के गुजरात चुनाव जाने को लेकर कहा कि जहां जहां कमलनाथ गए हैं वहां क्या हर्ष हुआ है कमलनाथ गुजरात ना जाएं नौतम मिश्रा ने कहा कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया वहीं दिग्विजय सिंह ने कमेटी में कमलनाथ को नहीं आने दिया इनके यहां ग्रह कलह चलता रहेगा राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनावी हिंदू हैं जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ ये जाएंगे चुनाव में उन्हें मंदिर याद आएंगे बाबा साहेब याद आएंगे लेकिन जनता सब जानती है जहाँ जहाँ वो पहले गए हैं प्रदेशों में अभी उनका इतिहास देख लें आप कमलनाथ जी जैसे गए थे और उन प्रदेशों के इतिहास में जो कांग्रेस का हस रुआ था वही गुजरात में होने वाला है तो मेरी तो प्रार्थना है कि ये अकारण को कलंक न लें न जाए उनकी वो जाने पर मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया उनने हल्की हाल, हाल निपटा दिया उनको स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं आने दिया तो ये तो इनके यहाँ ये चलता रहेगा ये खेल अब रुकने वाला नहीं है कांग्रेस के अंदर गृह कला है हम पहले कह चुके कि ये चुनावी हिंदू हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहां वहाँ ये मंदिर जाएंगे अभी पूरी यात्रा में कई मंत्र गए क्या मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए हमारी आस्था के केंद्र निकलाए पर नहीं गए मध्य प्रदेश में अभी साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी बाबा साहब की याद आएगी अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीज़ें समझती नहीं है गुड्डा बदमाश को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा गुड्डा का कोई गैंग नहीं है गुड्डा डाकू नहीं वो बदमाश है गुड्डा के लिए इतना बड़ा गड्ढा हो देंगे कि उसको दफन हो जाएगा उन्होंने कहा दोनों ही पक्षों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उन्होंने जुबैर के बयान को लेकर कहा कि यह ठीक नहीं है हिंदू देवी देवताओं को छोड़ दें शायद उनके भी होंगे वे ऐसे बयान न दें उनसे यह प्रार्थना है विदिशा में सरकारी स्कूल के बच्चों की मदरसों में एडमिशन लेने की घटना से नरोत्तम मिश्रा ने इनकार कर दिया और कोई गैंग भी मूवमेंट में नहीं लेता है वो कभी मोटरसाइकिल से कभी वाहन से और कभी वैसे आके बदमाशियां करता है उस पर साठ हजार का इनाम कर दिया है इनाम और बढ़ाएंगे ये मध्य प्रदेश है ये गुड्डा के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे कि उसमें दफन हो जाएगा और यहाँ पर किसी को भी बदमाशी करने की इजाज़त है नहीं दरअसल ये विवाद वन विभाग की अभी ताज़ा जो आया है वो वन विभाग की ज़मीन का मामला है और वो आरोप लगाते हैं कि वो गुड्डा की धौंस में जोतता है जबकि दोनों ही पक्ष वन विभाग की जगह को जोते हुए हैं मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है व प्रशासन से बात की है ऐसी कोई घटना नहीं है मदरसे में एडमिशन लेने ले की कोई एडमिशन नहीं हुआ है मदरसे नवतम ने रामसेतु मूवी की तारीफ करते हुए कहा कि इस फिल्म को देखना चाहिए इसमें राम को वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझ में आना चाहिए वही उन्होंने खंडवा की घटना को लेकर पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं मिश्रा ने कहा मौलवी अब्दुल ने इस तरह की घटना और किसी के साथ तो नहीं की है इसकी जांच की जा रही है हम सबको वो फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि हमारी आस्था के केंद्र हैं राम आराध्य हैं और उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से और आस्था के सामने रखे हैं जिस तरह से भ्रम को और दूर किया गया है जिन लोगों ने काल्पनिक बता दिया था भगवान श्री राम को जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था मानव निर्मित बताया ही नहीं था उसकी समय सीमा कोई गलत बता दिया था इसमें वैज्ञानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है हम सबको देखना चाहिए